हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आज सुबह साढ़े आठ बजे से ब्लॉग चालू कर रहे हैं क्योंकि स्टेशन पर ही आ चुका हूं देख सकते हैं ये स्टेशन है और ये तो रेल के इंजन खड़े हैं जो गिट्टी का काम करते हैं ना वो तो चलिए शुरू करते हैं और बताएंगे आज पूरे दिन हमने क्या किया स्टेशन पर जल्दी आ गए और दो घंटे ट्रेन लेट हो गई अब दो घंटे लेट पहुँच पाएंगे ड्यूटी क्या करें अब जेलना पड़ता है दोस्तों काम करना है तो एक मालगाड़ी आ रही है तो जो भी मालगाड़ी के वीडियो पसंद करते हो जरूर देखें लाइक शेयर करें ये है मिलिट्री वाली मालगाड़ी में पूरी मिलिट्री की गाड़ियां हैं। देखो ये जिप्सी पुराने मॉडल की ये बीच में आ गई बलसाड पुरी एक्सप्रेस और ये देखो भाई इंडियन तोपे टीवी वी 90 टी टैंक येते पड़ी बने तो उनका फेर घर में आता नहीं हो हाय गाइस दिस आर माय फ्रेंड्स एक घंटे बैठे हैं तब से अब आ रही है विंध्याचल अब आने वाली है दो मिनट के भीतर आ जाएगी प्लेटफॉर्म पर ये आ गई भैया इटारसी से चलकर भोपाल को जाने वाली विंध्याचल एक्सप्रेस हाँ ठस्म ठस भरी है तो। थस बिल्कुल मैं चार बज के दस मिनट पोस्ट ऑफिस में आया था थोड़ा काम से ये देख सकते हैं पीछे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है पोस्ट ऑफिस का काम हो चुका है अब चलते हैं दूसरी जगह भारतीय डांक में आए थे आज थोड़ा काम से काम हो गया अब रिटर्न जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस पर आते काम से काम तो हो चुका है अब दूसरी जगह जा रहे हैं इस बस से ये सामने जी और ये साइड जाएंगे दो तो दूसरे काम से अभी ये बस आ गई है इसको पकड़ लेते हैं 208 बैंक में गए थे काम से बैंक से बाहर आ गए हैं ये एस बैंक अब चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ यहाँ से बस पकड़ेंगे बस भी आ गई है टाइम पे तो बिल्कुल एकदम रोड के साइड आया जब तक वो बस निकल गई अब थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा वो जा रही है सामने देख सकते हैं ये लो गुरु पर निकल गई ये देखो खराब टेक्ट्री पड़े लिखे हैं लिखा है नो ये लो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं बस यहीं से मिल जाएगी ऑफिस तक के लिए फिर बस से चलते हैं ये सेल्स मार्केट कारों का तो भैया मंडी बमोरा स्टेशन पर उतर चुके हैं टाइम देखो बता देता हूँ करेक्ट नौ बज रहे हैं और इस ट्रेन से उतरा हूँ इसका नाम है इंदौर से पटना जाने वाली नौ बजवे वाले हैं ट्रेन में आज पूरे दिन निकल गए नौ बज के पाँच मिनट होए वाले हैं मंडी बमोरा स्टेशन पर उतर रहे हैं तो भैया हम भोपाल से बैठे थे जो भाई और हम दो भोपाल से बैठे बैठे मंडी वमोरा मैं उतरने वाला हूँ भाई क्या नाम है तुम्हारा दिनेश आज भाई हैं जो लखनऊ उतरेंगे और मैं मंडी वमोरा उतरने वाला हूँ ठीक है दिनेश तो भाई कभी मिलेंगे जीवन में